अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बुर्ज खलीफा नंबर वन बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी इमारत है कि इसे पंचानवे किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है और इसके टॉप फ्लोर से मौसम साफ होने पर इसके पड़ोसी देश ईरान को भी देखा जा सकता है नंबर टू बुर्ज खलीफा को पहले कहा जाता था लेकिन बाद में अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहन के सम्मान में इसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया क्यूँकी इसके फाउंडेशन में काफी भारी खर्च आ रहा था जिसमे जायेद अल नाहन ने फाइनेंशियल तौर पर काफी ज्यादा हेल्प करी थी नंबर थ्री बुर्ज खलीफा में लगी लिफ्ट दुनिया की सबसे तेजी ऐसी वाली लिफ्ट है नंबर फोर बुर्ज खलीफा में लगे एसी से एक साल में इतना पानी निकलता है कि उससे पाँच ओलंपिक स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को